घृणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर कुना इतना यकीन मुझको पाया कैसी घड़ी सी अब जो तू तो आया एक बात तुझसे तू पास है जो सीने से तेरे सर को रखा मैं सु नाम सेरे सरखा लाख सुना नाम के नाम तरुण। तेरे ना चंदड़ी सानी है ना तेरे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 Where I'll be? देखो तुझे यार जितनी दफा मैं तुझ पे आता मुझको को सब से मजुदा हो कहा किश्क तो है वही जो है बी ज ही नहीं नस तेरा तेरा ही रहा कि जब तक जियो में जीव सात थे चंद बन जाऊ तेरी रहेगा मैं जिस दिन बुला दू रा प्यारे उधना ग्री हो मेरी जिंदगी का मैं बा प्यार दिल से उधना ग्री हो मेरी जिंदगी का का कोई कठोरी में मेरी न कोई कठोरी में मेरी kako mai le or kisi da maji sudin gona है जोन तेरे धारा कोई चीज जचगी नहीं है बस तेरे हर में है तेरे हाथों से ज़्यादा मेरी रात दिन हिंदी इतना नाम मेरी रात दिन की हिंदी इतना हल्की हल्दी न जिस दिन भुला हाथ तेरा प्यार दिल से मेरी जिंदगी से मुझे दिन मुझे बसे इच्छा छेगी मुझे अब कोई हम रुला न सकेगा तू है वहाँ मेरी हंसी का मुझे तो मुसरी बुलाई रखो हम फोन मे सकून महारीस दिन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 कमी है तू तो। मैं भी न जान दूंगे इतना क्यों लाजमी है तू तो। उम्मीद जाके नोटी कितनी रातें जल गई इतने तारे गिने के उंगलियाँ भी जल गई बता दे कैसे न जी तेरे बिना हो हम नवा मेरे है तो मेरी साँसी चले बता दे कैसे न दुख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 ching शामिल नहीं थी तुझ में वो सारे पे बजा थे वो जिंदगी है भी कह सका आज कहता हूं पहली दर दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से को दिया मेरा बात सभी कोई लम्मा मेरा नाह तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा ओ क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो अब तुम ही हो बाके अधूरा ना क्योंकि तू तुम ही हो चैदी मेरा दर्द भी मेरी आशी अब तुम ही हो मैं के मौत दा इंतजार लिए दुनिया छोड़ती है तुझ कैसा रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके दुनिया छोड़ दी है कुछ पा कितना चाहते हो ज़िंदगी अब मुझको जाना है कहाँ तू ही सफर है इधर भी न जीना मुमकिन नहीं बने ना, ना कभी मुझको तू पास मैं तुझको कितना चाहता हूँ तू कभी सोच ना सके लिए कभी छोड़ दी है झ पे सांस मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कब सोचना सर तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है पे ही सांस आके मैं तुझको कितना चाहता तो तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ सांस आके खेल के तुझको कितना चाहता तू कभी सोच ना सके पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सब से मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए पसंद आए तुम ही अब कुछ कहो सुलझा मुश्किल हाँ तुम ही अब कुछ कहो सुन जाओ कैसे मुश्किल झूठ बोल के ही रख लो आ रब से तुझे आशिकों में सब से मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आये मेरी आशिकी पसंद आई कतरा कतरा जीरा लमह लम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 आ है मेरी रब से कुछ आशिकों में सब से मेरी आशिकी पसंद आई मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए मेरी, मेरी आशिक पसंद आए तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे तुम मेरी मैं तेरा पागल हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है कुर न जाने ये समान क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क़ है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया की नजरों में ये रोग है हो जिनको वो जाने है ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम दो तरफा है तो किसी से ना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक राजा और ही जैसी न जाने ये ज़माना क्यों चार मिटाना कलंक नहीं है काजल पिया कलंक नहीं है काजल पिया वास्ते जा तू मैं गां भी तू किस्मतों का लिखा मोर दो बदले में जो तो खुदा खुद भी मैं दे सच को छोड़ दो आई गई यादें मगर सुबह mai the love so the fall to the parnalu hamare paas